नमस्कार राम राम दर्शकों आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके ही चैनल एस्ट्रो एसटोवी राशि दिनांक तेईस अगस्त 2018 का दैनिक राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है आज का टिप्स मेष से लेकर मीन राशि तक के क्या है क्या शुभ उपाय है शुभ रंग क्या है शुभ अंक क्या है किन नाम वालों से आपको रहना होगा सावधान बने रहिएगा अपने इस एस्टो फ्रेंड के साथ दर्शकों पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं तो आज का जो हमारा पंचांग है पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना होता है ये आप सभी लोगों को मैंने बताया होगा रूप शर्मा जी लिखते हैं जय श्री राम रूप जी राम राम तो पंचांग प्रायः पांच अंगों से मिलकर के ये बना होता है और ये पांच अंग कौन कौन से हैं इसके बारे में हमने आपको बताया भी था तिथि वार नक्षत्र करण योग ये पांच अंग हैं इसके पंचांग के। अंग कौन कौन से हैं इसके बारे में हमने आपको बताया भी था तिथि वार नक्षत्र करण योग ये पांच अंग हैं इसके पंचांग के और आज का जो हमारा पंचांग रहेगा तो चूंकि श्रावण मास चल रहा है और अषाढ़ शुक्ल पक्ष तिथि रहेगी द्वादशी सुबह दस बजकर सोलह मिनट तक की उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी पूर्वाशाढ़ा नक्षत्र रहेगा तीन बजकर चालीस मिनट तक की प्रातः इसके बाद उत्तराशाहा नक्षत्र लग जाएगा और चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आज धनु राशि में गोचर रहेगा सख संबत्त 1940 विक्रम संबत् दो सूर्योदय होगा प्राथा पाँच बजकर चौवन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को अट्ठारह बजकर बावन मिनट पर यह जो हमारा पंचांग है ये भारत की राजधानी नई दिल्ली को मानक मान करके बनाया गया है चलिए राहु काल पर दृष्टि डाल लेते हैं राहु काल एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि इस दौरान आपको शुभ कार्यों को नहीं करना है तो राहु काल का जो समय रहेगा ये तेरह बजकर उनसठ मिनट से पंद्रह बजकर उनतालीस मिनट तक की रहेगा और अगर आपको शुभ कार्यों को करना है तो अभिजीत मुहूर्त में आप शुभ कार्यो को कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त का समय प्रातः ग्यारह से बारह बजकर उनचास मिनट तक का जो ये समय है ये अभिजीत मुहूर्त का है दर्शकों कुछ कनेक्टिविटी की हमको लगता है दिक्कत आ रही है आप लोग प्लीज कमेंट करते रहिए दर्शकों आज जो है त्रयोदशी तिथि है और हमने कल आपको बताया था कि द्वादशी तिथि को बैगन नहीं सॉरी द्वादशी तिथि को मसूर का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तो इसी प्रकार आप त्रयोदशी तिथि और त्रयोदशी तिथि वाले दिन बैंगन ना खाना चाहिए ना बैंगन का दान देना चाहिए शास्त्रों में इसको आज के दिन जो है खाने से जो है मनाही है और द्वादशी तिथि के जो स्वामी भगवान है भगवान नारायण जी हैं भगवान विष्णु जी हैं और आज आप जब तब ध्यान करिएगा बहुत अच्छा रहेगा तुलसी पात्र आज के दिन नहीं तोड़ना चाहिए आज बृहस्पतिवार दिन भी रहेगा केले का भी सेवन नहीं करना चाहिए ग्रह गोचर की स्थिति बता इससे पहले दिशा के बारे में आपको बताए दे रहे हैं आज बृहस्पतिवार दिन है तो आज का दिशासूल जो दिशा जो रहेगा ये दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन की ओर दिशासूल रहेगा यदि कोई कार ना हो तो यात्रा मत करिएगा बहुत आवश्यक कार हो तो दही खा करके आप यात्रा कर सकते हैं और आज तेल की मालिश भूल से मत करिएगा ग्रह गोचर की बात कर लेते हैं सूर्य प्राया वही अपनी स्वराशी सिंह राशि में गोचर कर रहा है चंद्रमा आज धनु राशि में गोचर करेंगे मंगल वक्री है चार अंश पर मकर राशि के उच्च के होके गोचर कर रहे हैं बुद्ध प्राया कर्क राशि में गोचर कर रहा है राहु भी कर्क राशि में गोचर कर रहा है शुक्र कन्या राशि में गुरु तुला राशि में शनि धनु राशि में और केतु मकर राशि में गोचर कर रहा है तो ये तो था ग्रहों का गोचर चलिए अब राशिफल पर आ जाते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा तो मेष राशि के जात को आज जो भी काम करेंगे खुद के दम पर करिएगा तो बेहतर रहेगा दूसरों के ऊपर आज आपको आश्रित नहीं रहना है निर्भर नहीं रहना है इसके साथ साथ आज जिस बात को लेकर आप हैरान हैं वो अचानक से कुछ बातें ओपन हो सकती है दूसरों की हरकतों पर और उनके ऊपर आज आपको ध्यान देना रहेगा आपके ऑफिस में आज हो सकता है कि आपका किसी से बात विवाद और तर्क संभव है बहुत से काम आज निपटाते हुए आप नजर आएंगे लेकिन अपने स्वास्थ्य का आज, आज आपको ध्यान देना है वाहन राशि वाले जातकों को बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा आज कुछ कठिन परिस्थितियां आपके सामने आ जाएंगी किस्मत के भरोसे ना रहें तो बेहतर रहेगा अपने भुजबल पर बाहुबल पर ही यकीन रखिएगा आज आपको करना क्या है केले का दान धर्म स्थान पर करना रहेगा रेड कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा आर नाम और एस नाम के लोगों से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है वृषभ राशि की ओर चलिए बढ़ते हैं तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा तो आज प्रातः काल से ही यात्राओं का योग वृषभ राशि के जातकों के लिए है और यात्राओं से भी आज कुछ आपको प्रॉफिट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है इसके साथ साथ जो वृषभ राशि के जातक हैं उच्चाधिकारियों से आज इनको सहयोग अच्छा प्राप्त होगा और उच्च अधिकारियों के सहयोग होगा और कोई इनको मदद करने आएगा किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के आज ये संपर्क में आ सकते हैं धन से रिलेटेड अच्छा लाभ आज वृषभ राशि के होते हुए दिख रहा है मकान और जमीन जायदाद के जरूरी मामले आज सामने आ सकते हैं निवेश के बारे में कोई शुभ संकेत आज आपको मिलता हुआ नजर आएगा सावधान रहिएगा बात विवाद मत करिएगा तो वृषभ राशि के जात आज करना क्या है आज सफ़ेद मिठाई का दान सफेद चीज़ों का दान आज आपको धर्म स्थान पर देना रहेगा आपके लिए ब्लू कलर शुभ कलर रहेगा अंक 6 आपका शुभ अंक रहेगा आपको क्यू नाम और टी नाम के लोगों से सावधान रहना है चलिए कुछ कमेंट पढ़ लें गोपी किशन तिवारी जी लिखते हैं प्रणाम भैया जी गोपी जी नमस्कार राम राम देखिए गोपी किशन तिवारी जी को आप लोग बधाई दीजिए इनके यहाँ एक नए मेहमान का आगमन हुआ है और सरयू जी लिखते हैं नमस्ते भैया सचिन त्रिपाठी जी हमेशा खुश रहिए और कुंभ राशि में मोबाइल स्टोर देखिए हमने कुंभ राशि का सितंबर माह का डाल अभी नहीं डाला है डाल देंगे आजकल में और कुंभ राशि अभी लाइन से सीक्वेंस से चलेंगे तब आएगी निधि जी लिखते हैं प्रणाम जी निधि जी प्रणाम गगन कौर जी लिखते हैं नमस्ते जी गगन जी नमस्कार आरती सिंह हेलो आरती जी नमस्कार जी मणिप्रकाश पांडे लिखते हैं भैया चरण साधन क्या देखिए अद्भुत इन्होंने हिंदी का जो है है है पेश किया लगता साहित्य के ही ये हैं तो मणिप्रकाश पांडे जी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद ईश्वर सदैव आप पर दृष्टि बनाए रहे मिथुन राशि की ओर चलते अविवाहित लोगों को आज विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ दिख रहा है आज आपका दायरा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिख रही है यदि अभी तक आप बेरोजगार हैं तो आज कोई नए रोजगार का सृजन होता हुआ दिख रहा है एक बात और बताएंगे नई चीज सीखने और समझने के आज मौके मिलेंगे नया अनुभव हो सकता है आज करियर के लिए आपके लिए अच्छा समय है कोई नई जॉब आज आप पा सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जो आपका लाभ कराए इसके साथ साथ पैसों के मामले में आज कहीं से कोई रोचक सुझाव मिलता हुआ दिख रहा है अपने शत्रुओं से आज आपको सावधान रहने की जरूरत है आज कोई बहुत गंभीर बात आपसे छुपाई जा सकती है इसका आपको ध्यान देना है और दांपत्य जीवन में कुछ मधुरता की कमी होती हुई दिख रही है तो भाई आप लोग जो है बातचीत करके एक दूसरे का रास्ता निकालिए ऐसा कोई कार्य मत करिए कि कड़वाहट आए रिश्तों में तो आज कोशिश कीजिएगा तामसी भोजन मत करिएगा लहसुन प्याज का जो है आज आपको परित्याग करना है और शुभ कलर की यदि हम बात करें तो पिंक कलर आपका शुभ कलर रहेगा अंक 9 आपका शुभ अंक रहेगा गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा चलिए कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं कैंसर आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है कर्क राशि पैसों की जो समस्या चली आ रही थी इसका समाधान मिलता हुआ दिख रहा है नए अवसर आज आपके सामने आएंगे मनोरंजन के कई नए मौके आज आपको मिल सकते हैं प्रेम संबंधों में आज काफी गहराई का गहराई में उतरने का दिन है अटके हुए पारिवारिक मामलों को आज निपटाने का सही समय है संतान से सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा क्योंकि सष्टम भाव में चंद्रमा चल रहा है तो वाहन आज, आज आप सावधानी पूर्वक चलाइएगा पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत रहेगी मन में कोई शंका है तो इसको आज आपको दूर करना है और भावनात्मक गहरे संबंध आज हो सकते हैं पार्टनर का मिजाज भी आज बहुत अच्छा रहेगा और रुका हुआ पैसा हमने बताया ना मिलने का योग है तो थोड़ा सा आपको भी जो है अलर्ट रहना होगा थोड़ा सा प्रयास आज, आज आपको करना रहेगा स्टूडेंट लाइफ जो लड़के स्टूडेंट है, हैं तो इनके लिए कुछ टेंशन भरा दिन रहेगा पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है एकाग्र एकाग्रचित नहीं हो सकते हैं सेहत पर ध्यान दीजिएगा बहुत अधिक भोजन मत करिएगा कर्क राशि के जात को आज चने की दाल ब्राह्मण को दान देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा सिलेटी कलर आपका शुभ कलर है और अंक शुभ अंक है नाम नाम और जी के लोगों से आज सावधान रहना है शेरों की राशि हमारे सिंह राशि आ गई तो नौकरी पैसा बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज फायदे का दिन है फायदे का सौदा हो सकता है अचानक धन लाभ आपके व्यापार क्षेत्र में हो सकता है शेयर मार्केट में आज आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं निवेश के लिए अच्छा दिन है आज आप किसी बात को अपने मन ही मन दबा सकते हैं आज परेशानियों से निपटने के लिए सच का सहारा लेना आपके लिए ठीक रहेगा आज जहां तक हो सके पैसों से संबंधित सारे मामले आज आप लोग निपटा लें तो बहुत अच्छा रहेगा नजदीकी लोगों से चली आ रही अनबन खत्म होने का योग है कोर्ट कचहरी के मामलों में आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है जीवन साथी के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं तो करना क्या है सिंहरास के जातकों को आज विष्णु सहस नाम का आज आपको पाठ करना रहेगा और शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना रहेगा रेड कलर आज कलर आपका शुभ कलर रहेगा अंक 9 आपका शुभ अंक रहेगा ओ नाम पी नाम और के नाम के लोगों से सावधान रहना है कन्या राशि क्या कहता है आज आपका राशिफल तो कन्या राशि के जातकों आज आपका ध्यान पारिवारिक मामलों पर रहेगा आपके सामने नियमित कार्यों के अलावा और भी पारिवारिक बहुत सी जिम्मेदारी का योग चला आ रहा है घर परिवार में कोई मांगलिक उत्सव का आयोजन हो सकता है आज किसी की मदद करने का मौका आपके हाथ में आएगा और आज आप मदद करते हुए नजर भी आएंगे आज किसी करीबी इंसान के बारे में आप काफ़ी देर तक की और बहुत गहराई से भी विचार करते रहेंगे सब कुछ सामान्य रहेगा कुछ प्रेमी के साथ पति पत्नी के बीच में छिटपुट झगड़े लड़ाई बात विवाद वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं खुद पर कंट्रोल रखिएगा राज की बातें किसी को मत बताइएगा किसी अपंग व्यक्ति को यदि आज आप बिस्कुट का दान देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा चलिए कुछ कमेंट ले लेते हैं मणिप्रकाश पांडे जी लिखते हैं भैया धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों के बारे में बताइए मणिप्रकाश जी जो धनिष्ठा नक्षत्र है ये मंगल का नक्षत्र है चलिए 10-15 सेकंड प्रकाश डाल देते हैं पूछे हैं तो तो मणिप्रकाश पांडे जी जो ये मंगल का नक्षत्र है मंगल के नक्षत्र में यदि आपका इसमें धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो प्राय यही रहता है कि जो मंगल का क्या गुण होता सेनापति तो हमेशा आप नेतृत्व की भावना में आगे आएंगे हर एक चीज लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर होगी दूसरा आपके जो शरीर का हीमोग्लोबिन होगा ये बढ़ा हुआ होगा हीमोग्लोबिन जल्दी कम नहीं होगा दूसरों को आप ब्लड डोनेट करते हुए नजर आएंगे तीसरी चीज गुस्सा आपके यहाँ नाक पर बैठा रहेगा कब किसी के ऊपर आप एक ग्रोथ कर दें और कब शांत हो जाए तीसरी सबसे बड़ी चीज अब हम आपको चलिए बताए दे रहे हैं भूमि का सुख बहुत अच्छा रहेगा फिर चाहे वो पैतृक हो चाहे वो ससुराल पक्ष से हो तीसरा अधिकतर लोग जिनका धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म होता है वो फौज में पुलिस में सेना से रिलेटेड रहते ही रहते हैं क्यों भाई मणिप्रकाश जी आप बताते जाइए यदि आपका जन्म हुआ है तो ये गुण आपके अंदर है कि नहीं है एक और चीज मैनेजमेंट मैनेजमेंट लेवल उनका बहुत अच्छा रहता है सपोज जैसे अभी हम कह दें कि जो है आपको हजार आदमी की व्यवस्था करनी है पल भर उनको समय नहीं लगेगा तुरंत इंतजाम कर देंगे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना है कर देंगे पॉलिटिकल उसमें आगे चलना है सबसे आगे रहेंगे राजनीति बहुत ज्यादा करेंगे जी भैया बिल्कुल सही मनी प्रकाश जी लिखे है तो यही सब गुण है चलिए राशिफल पर देखिए बढ़ रहे हैं तो कन्या राशि के जात को अपंग व्यक्ति को बिस्कुट खाने के लिए दे आज लाइट येलो कलर आपका शुभ कलर रहेगा अंक अंक आपका शुभ रहेगा आपको जी नाम और यू नाम के लोगों से सावधान रहना है लिब्रा तुला राशि तो दिन अच्छा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को आप ध्यान में रखें तो ठीक रहेगा दोस्तों और चाहने वालों से आज बातचीत हो सकती है आज बात बात में आज आपको कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिसका संबंध नजदीकी व्यक्ति से होगा माता के स्वास्थ्य को लेकर आज बहुत ज्यादा अधिक सावधान रहने की जरूरत है घर पर कुछ मेहनत भरा या ज्यादा समय लेने वाला काम होगा आप लगभग हर व्यक्ति को संतुष्ट करने में सफल रहेंगे अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं बकाया मामले भी आज कुछ निपटते हुए नजर आएंगे किसी काम में अति न करें दूसरों के काम में रोका टोकी करने से और किसी को बिना मांगे आज आपको सलाह नहीं देना ध्यान रखें और अपनी इस आदत पर कंट्रोल करने की कोशिश करें तो किसी मंदिर में केसर के दूध का आज आपको जो है दान देना है दूध और प्लस केसर ये आज आपको दान करना रहेगा आपके लिए वाइट कलर शुभ कलर रहेगा अंक आठ आपका शुभ अंक रहेगा आर नाम क्यों नाम के लोगों से सावधान रहना है वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है अच्छा एक चीज हमने और सोचा है कि जब हम राशिफल बता रहे हैं तो इसमें एक चीज़ हमने ये भी सोचा है कि लाइव राशिफल में क्यों ना दो चार कॉल या जो है दस कॉल को ऐसा जो है मतलब लिया जाए इस प्रोग्राम में कि एक नंबर हम जो है दे दें बता दें और उस नंबर पर आप लोग जब फ़ोन करें एक क्वेश्चन तुरंत आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बताइए कोई एक क्वेश्चन पूछ लीजिए मैं उसका आपको जवाब दे दूं कैसा रहेगा आप लोग प्लीज ये चीज बताइएगा जरूर और बाकी तो आप लोग अपनी कुंडली का पूरा अध्ययन विश्लेषण करवा लीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा तो वृश्चिक राशि के को, आज अपने लक्ष्य तक की प्राप्त करने में बहुत अधिक आज आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा किसी काम को आज आसान ना समझे आपके सामने आज बहुत ज्यादा चुनौती भरी पूर्ण स्थिति रहने वाली है आपके लिए हुए फैसलों से आज किसी दूसरे को पीड़ा होती हुई दिख रही है पैसों से संबंधित काम में सावधानी रखें तो ठीक रहेगा आज पैसा कहीं अटकता हुआ नजर आ, आ, आ रहा है इसके साथ साथ जरूरत से ज्यादा मत बोलिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा बढ़ता खर्च आज आपको परेशान कर सकता है किसी काम में आज अनुमान से ज्यादा मेहनत और समय लगता हुआ नजर आ रहा है करना क्या है खाने की जो पहली रोटी है ये गाय को देनी है और कुत्ते को देनी है भैरव बाबा को इतना आप कर दीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा गाय को क्यों देनी है या हम हर एक उपाय आपको गाय से सूर्य से या भगवान भोलेनाथ से या पीपल के पेड़ से बरगद के पेड़ से इन सबसे क्यों जोड़ते हैं सीधा सा कारण है देखिए गाय से इसलिए जोड़ते हैं सुरभि नामक लक्ष्मी का गाय में वास होता है तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है भगवान भोलेनाथ हर एक ग्रह इन्हीं के अधीन आते हैं यदि आपका चंद्रमा बेकार है आप भगवान भोलेनाथ के शरण में जाइए बृहस्पति बेकार है भोलेनाथ की शरण में जाइए शनि बेकार है भोलेनाथ की, भोले की राहू केतु भोले हर शुक्र बेकार है भोलेनाथ की शरण में बचा कौन सभी तो आ गए तो भगवान भोलेनाथ ऐसे देव हैं जो आपकी सभी पीड़ाओं को कम कर सकते हैं हंड्रेड नहीं हटा सकते कम कर सकते हैं तो आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो ऑरेंज कलर शुभ कलर रहेगा अंक 9 आपका शुभ अंक रहेगा पी नाम क्यू नाम के लोगों से सावधान रहना है चलिए धनु राशि के लिए जो है बताते हैं तो आज पार्टनर से कुछ प्रेम और शारीरिक सुख की अपेक्षा रहेगी जो कि पूर्ण होती हुई नजर आ रही है रोजमर्रा के काम में आज फायदा होता हुआ दिख रहा है जीवन साथी के साथ किसी पुराने मामले पर आज बातचीत होगी संभव है शाम तक कि कुछ मतभेद उभरकर सामने आए आज कई प्रभावशाली और रोचक लोगों से मुलाकात होती हुई नजर आ रही है परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और एक्स्ट्रा इनकम का आज फायदा होता हुआ दिख रहा है इसके साथ साथ कोई बहुत बड़ा फैसला लेने का दिन आज नहीं है बचिएगा पैसों की स्थिति को लेकर के किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो सकता है लेन का हिसाब कर ले तो ठीक रहेगा सेहत कुल मिलाकर ठीक नहीं रहेगी आज आपको वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाना है पहली बात तो आज करना क्या यज्ञो पवित्र धर्म स्थान पर दान देना है मणिप्रकाश पांडे जी लिखते हैं बहुत अच्छा रहेगा फोनिंग कार्यक्रम भैया जी जागृति जी लिखते हैं श्योर काल आइडिया अच्छा है उमंग जी लिखते हैं मेरा तो राशि नक्षत्र रोहिणी और लग्न नक्षत्र श्रवण है तो भी मानसिक टेंशन है आजकल ज्योतिष सच में गुड विद्या है ज्योतिष तो है ही है अच्छी विद्या और मनप्रीत जी लिखते मेरी सिंह राशि है चलिए तो धनु राशि के जातकों को का आज आपको दान धर्म स्थान पर देना रहेगा आपके लिए येलो कलर शुभ कलर रहेगा अंक 6 आपका शुभ अंक रहेगा यू नाम और जी नाम के लोगों से बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है अगली राशि आप बता सकते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि तो दर्शकों बने रहिएगा अब फोन पे जो है कार्यक्रम स्टार्ट होगा फोनिंग इन कार्यक्रम मणिप्रकाश जी ने लिखा है ना फोनिंग कार्यक्रम तो आप लोग अपना एक क्वेश्चन फोन करिएगा डेट ऑफ टाइम प्लेस बताइएगा एक क्वेश्चन केवल हम बताएंगे बस और वो फोन जो नंबर रहेगा वो तभी चालू रहेगा जब हमारा ये लाइव शो रहेगा तो अधिक से अधिक लोग देखिए सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन को दबाइए दस से सवा दस के बीच हम लाइव होना स्टार्ट कर देते हैं अपने राशिफल के लिए और ये समय बहुत अच्छा समय रहता है तो मकर राशि के बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं आज आप बहुत ज्यादा उत्सुक होते हुए नजर आ रहे हैं खुद पर नियंत्रण रखें तो अच्छा रहेगा आज कोशिश करने पर पैसों से जुड़े कुछ मामले सुलझ सकते हैं कुछ लोगों से आज आपको बहुत उपयोगी सलाह मिल सकती है भरोसेमंद लोगों के साथ आज अपने मन में जो संदेह है उसको मिटा मिटाइए तो बहुत अच्छा रहेगा आज काम पर संयम रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा करियर में बड़े बदलावों का संकेत सितारे दे रहे हैं किसी बड़े काम को पूरा करने में आज आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं कुल मिलाकर दौड़ भाग भरा दिन रहेगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है डिप्रेशन में आज आप जा सकते हैं तो डिप्रेशन से आज आपको बचना रहेगा हाथों हाथ किसी परिणाम की कोशिश में न पड़े तो ठीक रहेगा धैर्य रखिएगा वाहन का प्रयोग बहुत संभल करिएगा कोर्ट कचहरी से संबंधित विवाद उलझने की संभावना है लव लाइफ में खुशियाँ मिलने का योग है जीवन साथी से सुख मिल सकता है करना क्या है हरी सब्जियों का आज आपको दान करना है खास करके पालक हुआ आपको जो है साग किसी चीज़ का हुआ बथुआ हुआ वो ये सब चीज़ आज आप दान करिए गरीबों में बहुत अच्छा रहेगा ब्राउन कलर शुभ कलर है आर नाम और ओ नाम के लोगों से सावधान रहना है कुंभ राशि कोई कमेंट बहुत लंबा चौड़ा आया है मोहित जी लिखते हैं मोहित जी प्लीज कौन सा व्यापार करना चाहिए आप -1 -1 पर अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात कर सकते हैं तो अचानक लाभ होने होने का फायदा होने का फायदा योग है कुछ दोस्तों से आज आपकी सीधी बात होगी समझदार लोगों की तरह किसी भी बड़ी बात का आज फैसला करना होगा अच्छे फैसले अच्छे माहौल में बढ़िया रहेगा पैसों के मामले पर आज आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा कुछ नए अवसर आज, आज आपके सामने आएंगे आमदनी का कोई नया स्रोत दिखता हुआ दिख रहा है आज आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आज प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ जाते हुए आप नजर आएंगे कोई खास व्यक्ति मिलने वाला है जो आने वाले दिनों में आपको लाभ करा सकता है फायदा करा सकता है नौकरी में उच्चाधिकारियों से मतभेद होता हुआ कुंभ राशि के जातकों को नजर आ रहा है आज आपकी प्लानिंग लोगों के सामने उजागर हो सकती है कोई भी स्थिति बिगड़ सकती है बिजनेस के लिए कुछ कर्जा लेना पड़ सकता है बापरे इतना सब कुछ है जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंता रहेगा प्यार के मामलों में आज सकारात्मक रहें और आज भावुक हो जाएंगे बीती बातें भूलकर आगे ना बढ़ें अभी बहुत कुछ है बेरोजगार लोगों के लिए नए रोजगार का सृजन होता हुआ नजर आएगा बिजनेस में रुकावटें आ सकती हैं व्यवसायिक विषयों को के छात्र जो है आज आसानी से सफल हो सकते हैं और जो पढ़ने वाले छात्र हैं खास करके विज्ञान वर्ग के छात्र उनके लिए भी बहुत अच्छा आज का दिन है शुभ कलर की बात करें तो नीला रंग आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक चार आपका शुभ अंक रहेगा आई नाम और पी नाम के लोगों से आज आपको सावधान रहना है करना क्या है चांदी की गिलास और पानी तो चांदी के गिलास में आज, आज आपको जल पीना है इसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ पर आज आपको दूध में तिल डालकर के अभिषेक करना रहेगा अंतिम राशि मीन राशि मोहित जी लिखते हैं आप बहुत अच्छा कार्य करते हो गुरुजी आप यूं ही मनुष्यों का कल्याण करते रहो हम परमात्मा से आपकी लंबी आयु की पर... लंबी आयु नहीं जितनी आयु है उतने में कुछ इनाम कर जाए बस यही बहुत है और सिंह राशि है मेरे गुरुजी मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं बिल्कुल मिलेगी सिंह राशि वाले नौकरी ही करते हैं अधिकतर लोग तो मन छोटा मत करिए तैयारी करिए और जमकर तैयारी करिए मनप्रीत जी निश्चित ही आपको सफलता मिलने का योग है प्रश्न कुंडली भी हमने देख ली है तो सफलता आपको मिलने का योग है अंतिम राशि पर चले मीन राशि अंतिम राशि पर बढ़े उससे पहले देखिए आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी आप लोगों ने कई लोगों ने नहीं किया है और घंटी पर आप लोग क्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं भाई प्लीज आप लोग घंटी पर जरूर क्लिक करें हमारी पुरानी सारी वीडियो जा करके एक बार भले दो चार मिनट के लिए देख लें लेकिन देख जरूर लें मीन राशि की बात करते हैं तो पार्टनर से संबंध अच्छे हो सकते हैं पैसों के क्षेत्र में आज आपकी महत्वाकांक्षाएँ बढ़ती हुई नजर आ रही है प्रातःकाल से ही आज यात्राओं का योग है आपके पॉजिटिव बिहेव के कारण लोग आज आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं आज काफ़ी व्यस्त रहेंगे और बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे आज आप जरूरी काम निपटाना चाहेंगे तो निपटा लेंगे जो काम करेंगे उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी और चूँकि गोचर कुंडली में चंद्रमा कर्म भाव में रहेगा तो परेशानियां कुल मिलाकर खत्म हो सकती है नई नौकरी नए जो है बिजनेस का आज कुछ आप प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बहुत ही ज़्यादा आज आपका मधुर रहेगा इस कारण हो सकता है कि आज कुछ आपको एक्स्ट्रा कोई जिम्मेदारी अधिकारी आपको देते हुए नजर आए आसानी से कोई भी कार्य होता हुआ नजर आ रहा है कुछ चिड़चिड़ाहट आपके अंदर स्वाभाविक है आ सकती है पार्टनर के साथ मतभेद वैचारिक मतभेद हो सकता है अचल अच्छा संपत्ति से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम हो सकता है इसके साथ साथ कपड़ा व्यवसाय व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है चलिए अब आपको हम उपाय बता देते हैं उपाय क्या करना है देखिए आज आपको जो है पीपल के वृक्ष पर जल में थोड़ा सा मधु डाल करके अभिषेक करना रहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय से और कोशिश करके आज केला और तुलसी का पत्र मत तोड़िएगा मीन राशि के जातक और शुभ कलर की यदि आज हम बात करें तो आपके लिए सिलेटी कलर शुभ कलर रहेगा अंक छः शुभ अंक है सी नाम बी नाम और ओ नाम के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है तो ये तो था अब हमारा जो है राशिफल चलिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देते हैं कि बृहस्पतवार के दिन जिनका जन्म होता है वो कैसे होते हैं तो बहुत ही वो व्यक्ति जिनका जन्म बृहस्पतिवार के दिन होता है विद्या और धन से युक्त होता है ज्ञानी होते हैं धनवान होते हैं विवेकशील होते हैं इसके साथ साथ शिक्षण को अपना पेशा वो लोग बनाते हैं बहुत अच्छे लेक्चरर हो सकते हैं बहुत अच्छे जो है प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं सरकारी टीचर हो सकते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वो पढ़ा सकते हैं इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा परम सौभाग्यशाली भी होते हैं भाग्य इनके आगे आगे ही चलता है उच्च स्तर के सलाहकार भी जिनका जन्म आज के दिन होता है वो होते हैं सभी गुणों से कुल मिलाकर संपन्न होते हैं तो आज के लिए कुछ चलिए हम आप लोगों को उपाय बता देते हैं कि आज क्या आपको उपाय करना है अगर धन संबंधी कोई दिक्कत आ रही है तो धन संबंधित दिक्कतों के लिए हम बताते हैं कि पहली बार तो बृहस्पतिवार को दाढ़ी नाखून बाल इन सबको आपको नहीं कटवाना है बृहस्पतिवार वाले दिन खासकर नहीं कटवाना है नॉन वेज और एल्कोहल का सेवन नहीं करना है साबुन अपने कपड़ों पर और अपने शरीर पर आज के दिन नहीं लगाना है केला मत खाइएगा केले का आप दान कर दीजिएगा और एक उपाय बताए देते हैं ये काम करिएगा आपको करना क्या है जल में एक चुटकी हल्दी लेना है थोड़ा सा शहद डालना है गंगा जल डालना है इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और पीपल के वृक्ष पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए प्रातःकाल चढ़ा दीजिएगा और जहाँ पर आप चढ़ाएँगे वहाँ की मिट्टी का थोड़ा सा ले करके ऐसे तिलक कर लीजिएगा छोटा सा उपाय है करिए और फिर देखिए शुभता में कितनी वृद्धि आती है तो दर्शकों हमारा ये राशिफल आपको कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से आप हमको अवगत कराइए और जल्द ही इस लाइव शो में कॉल की फैसिलिटी रहेगी फ़ोन की फैसिलिटी रहेगी फ़ोन इन कॉल लगा रहेगा और आप लोग जुड़े रहिएगा थोड़ा सा हो सकता है राशिफल फिर हमारा आधे घंटे से अभी आधे घंटे का है, तो 45 मिनट का हो हर एक राशियों के बीच में एक टेलीफोन कॉल लेंगे जो भी हमारे लकी वो होंगे और जिनसे एक बार बात हो जाएगी प्लीज़ वो लोग बार बार परेशान नहीं करेंगे डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो दर्शकों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इस वीडियो को अपने फेसबुक के बड़े पेज पर शेयर करिए अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए ट्विटर पर शेयर करिए इंस्टाग्राम पर शेयर करिए और लोगों को बताइए कि ज्योतिष वास्तव में है क्या एक हमारे अलग जगाने से कुछ नहीं होता है साथ तो आप लोगों का ही चाहिए मैं अकेला हूँ लेकिन हाँ आप लोग मिलते गए जैसे एक अकेली उंगली कुछ नहीं कर सकती है लेकिन ये जो पाँच उंगलियाँ हैं और अगर ये मुठ्ठी बन जाए तो बहुत कुछ कर सकती है तो दर्शकों इसी के साथ दीजिए अपने इस को इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार माता रानी आप सभी का कल्याण कल करें